जिंदगी ए जिंदगी गुना दे ए जिंदगी ना जला हाथों को यू छूने दे कोई खुशी किस्मत नहीं यू छोड़ा हमें शीशा बना के तोड़ा हमें जुख्मों से